जैन दोस्तों वेलकम बैक टू मैथ्स मैच का स्वागत है मैं मंजीत कुमार आज का क्लास है सिंपल सिंग, प्रजेंटेंस का मिसलेनियस का क्लास मैंने लिया मिसलेनियस कुछ सेंटेंसेस रहेंगे उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा टोटल मिक्स रहेगा कौन कौन अफर्मेटिव सेंटेंसेस मिक्स रहेंगे निगेटिव रहेंगे और रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे, ये सारे सारे जितने भी हैं, क्या होंगे? इसलिए इसी को कहा जाता है सेंटेंसेस। का सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे आसान नियम। मैंने simple का एक ही रूल बताया वो वो कौन सा रूल है? वो एक ही रूल है वो कौन सा है कि यहाँ पर देख लो जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा गया ये हो गया हो गया सब्जेक्ट ये ये हो गया हो गया योग बस इसी यही जो रूल है इसी को पूरा फॉलो करना पूरा सिम्पल प्रजेंटेंस जितना भी है वो सारे एक सारे खत्म हो जाएंगे कैसे खत्म हो जाएंगे वो मैं वो नहीं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन उससे कोई लेना देना नहीं है सीधा एक ही सब एक ही रूल जानो वो कौन सा रूल है सिंगलर सब्जेक्ट सिंगलर भर ऐसा सेंटेंसेस में सिंगलर सब्जेक्ट सिंगलर भर ये सारा सिम्बल प्रजेंटेंस का एक ही रूल है अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सीता अंग्रेजी जानती है तो सीता क्या है एक सिंगलर सब्जेक्ट है सीता एक ंगलर सब्जेक्ट तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सीता सिंगलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिखूंगा सीता अंग्रेजी जानती यानी कि नो के एन ओ डब्ल्यू तो सीता नो में एस लगाएंगे क्यों क्योंकि सीता है एक सिंगलर सब्जेक्ट तो सिंगलर सब्जेक्ट में नोज होगा कि नो होगा तो नोज होगा क्यों क्योंकि सिंगलर सब्जेक्ट में सिंगलर भर्व है ना सिंगलर सब्जेक्ट में सिंगलर भर्व तो सीता नोज उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश का मीनिंग क्या हो जाएगा एन जी एल आई एस एस इंग्लिश सीता नोज इंग्लिश सीता अंग्रेजी जानती है सीता नोज इंग्लिश अब यहाँ पर लिखा राम और श्याम स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फिर अब दूसरा नियम कौन सा लेगा? Singular, कौन सा लगेगा यहाँ पर पुलुरल सब्जेक्ट प्लस पुलुरल वश ये हो गया ये सारे क्या हैं? सिंगलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्व डालेंगे या में डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम और श्याम स्कूल नहीं जाते तो राम और श्याम कितने दो व्यक्ति हैं? है? तो दो व्यक्ति क्या होते हैं पोलरल सब्जेक्ट में आते हैं तो पोलरल सब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे राम एंड श्याम अब स्कूल नहीं जाते हैं अब नहीं इसमें है तो नहीं वाला में डू डज का यूज होता है ये मैंने बता चुका हूं तो नहीं वाला में डू का यूज होता है तो ये पुलरल सब्जेक्ट है तो मैंने बताया हूं डू होता है तो राम एंड श्याम डू और नोट का मीनिंग नहीं नोट और जाना का मीनिंग होता है गो टू स्कूल राम एंड श्याम डू नोट गो टू स्कूल तुम क्यों पढ़ाते हो तुम क्यों पढ़ाते हो तो तुम होता है यू तो यू होता है पुलरल सब्जेक्ट तो पुलुरल सब्जेक्ट होता है यू तो इसमें क्या लिखेंगे तो सबसे पहले देंगे यहाँ पर क्यों पढ़ाते हो यानी कि यह है डब्लू फैमिली सेंटेंसेस पहचानने का नियम बताता दू जैसे ये एक मेरा सेंटेंस है अब ये मेरा सेंटेंस है कि तुम क्यों पढ़ाते हो तो तुम क्यों पढ़ाते हो तो इसको पहले मैं पहचानूंगा कि कौन सा सेंटेंसेस है तो ये सेंटेंसेस है डब्ल्यूएच फैमिली का डब्ल्यूएच फैमिली का ये सेंटेंसेस है अब डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंसेस है यानी कि इसमें क्यों का मीनिंग सबसे पहले आएगा क्यों का मीनिंग सबसे पहले आएगा तो डब्ल्यू फैमिली का नियम ये कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे क्यों तो क्यों यहाँ पर है तो तो तो तो wh why क्या होता क्या तूम, तूम होता क्यों अब तुम तुम तुम तुम तुम तुम है है है है है एक इसमें इसमें कौन कौन सा जो कौन सा जो उसमें लगता है? लगता यानी कि लगेंगे दू लगेंगे तो मैंने मतलब तो पढ़ना या फिर यहाँ पर क्यों हो? पर हो पढ़ाते ठीक है टीच लेगा टीई ए सी एच वाई डू यू टिच तुम क्यों पढ़ाते हो वाई डू यू टिच नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता क्या चाहती है ये दोनों सेम है ये दोनों सेम स... है कैसे ये भी और ये, भी पर, है ये, है, ये ये ये ये भी भी WH WH और और फर्क है है कि वाला वाला वाला था और ये singular subject वाला क्यों क्योंकि सीता क्या चाहती है तो सीता तो सीता एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति क्या होता है सिंगलर सब्जेक्ट होता है तो सीता क्या चाहती है तो क्या का मीनिंग सबसे पहले मैं दूंगा वट और सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगता है वट डज सीता बॉन्ट What does she want? क्या चाहती है वाट डज सीता वॉन्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे नहीं सोते हैं तो बच्चे नहीं सोते हैं बच्चे नहीं सोते हैं यानी कि ये हो गया पुलरल सब्जेक्ट पुलरल सब्जेक्ट में पुलरल वर्ड तो बच्चे नहीं सोते हैं यानी तो कि मैं लिखूंगा चिल्ड्रेंस Children अब हाँ हो गया बच्चे नहीं यानी कि चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट होता है चिल्ड्रेन डू नोट अगर जो मैं यहाँ चाइल्ड रहता सी चाइल्ड चाइल्ड मने होता है बच्चा और चिल्ड्रेन मने होता है बच्चे चिल्ड्रेन मने, मने बच्चे बच्चा मतलब एक बच्चा चिल्ड्रेन मतलब ढेर सारे बच्चे चिल्ड्रेन मतलब ढेर सारे बच्चे हो गए तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा हो गया और मतलब ढेर बच्चे तो चाइल्ड हो गया एक बच्चा यानी कि हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और चिल्ड्रेन मतलब ढेर सारे बच्चे हो गए पुलरल सब्जेक्ट तो सिंगलर सब्जेक्ट में डज लगता है पुलरल सब्जेक्ट में डू लगता है चलिए तो इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर दिया हुआ है कि चिल्ड्रू नोट सोना का मीनिंग होता है स्लीप ए एस एल डब्ल यू पी स्लिप मतलब सोना बच्चे नहीं सोते डू नॉट स्लीप नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग काम नहीं करते हैं आप लोग काम नहीं करते आप लोग यू मतलब तुम तुम लोग आप आप लोग सारे होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यू आ, यू होता पुलरल सब्जेक्ट तो उसमें डू लगेगा यू डू नोट है इसमें नहीं भी है तो नोट लगेगा यू डू नोट वर्क आप लोग काम नहीं करते यू डू नॉट वर्क आप लोग काम नहीं करते यू डू नॉट वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है गायें दूध देती है तो गाय दूध देती है cows, yes तो यहाँ पर लिखेंगे द काउज यस लगाएंगे गाय रहता तो गाय का मीनिंग होता है काउ और गायें रहेंगे तो गाय का मीनिंग क्या होगा सी और यस काउज तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये हो गया प्लुरल सब्जेक्ट ये हो गया प्लूरल सब्जेक, सब्जेक्ट ठीक है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मैं डू लिखूंगा ठीक है यानी कि यहाँ पर कौन सी गायें है? गायें हैं तो गाएं में काउज हैस लग गई तो काउज हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लूरल है तो यहां पर हो जाएगा यश लग जाएगा अगर जो सिंगुलर रहता तो गाय दूध देती है तो सिंगुलर रहता तो यहां पर नहीं लगता। कि एक सब्जेक्ट हो गया, तो लगेगा। ठीक है अगर जो सिंगलर रहता है तो यहाँ पर गिभ में यश लगा देते है तो ये हो जाता है सिंगलर भर्व तो यहाँ पुलरल सब्जेक्ट गिभ में यश नहीं लगेगा क्योंकि सारे भर्व पुलरल होते हैं तो गिव गि नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम क्यों नहीं हंसते हो तो तुम क्यों नहीं हंसते हो ये हो गया ये भी हो गया डब्ल्यू एच फैमिली क्यों बीच में क्यों घुसा हुआ ये हो गया फैमिली तो तुम क्यों नहीं हंसते हो तो यहाँ क्यों का नहीं लिखेंगे वाई डब्ल्यू एच वाई वाई अब यहाँ तुम है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम तुम हो गया पुलर सब्जेक्ट तो पुलर सब्जेक्ट में डूलेगा वाई डू यू laugh. laugh? Why do you not तुम क्यों नहीं हे राम कहा रहता है तो राम कहा रहता है ये भी हो गया डब्ल्यू family. फैमिली बीच में कहा लगा हुआ यानी कि वेयर वेयर मतलब कहा तो राम कहा रहता है लिखेंगे where. अब राम तो singular subject है तो राम singular subject है तो singular subject में singular verb यानी कि does लेगा तो where does राम Leave मतलब रहना वेर डज राम लिव अब यहाँ कहोगे कि यहाँ पर भर में एस क्यों नहीं लगा क्योंकि भर। तो इसमें लग गया, तो किसी में फिर यश नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता कब पढ़ती है तो सीता कब पढ़ती है कब हो गया यह भी डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन यानी की सीता कब पढ़ती है तो यहाँ पर कब का मीनिंग होता है सीता सिमिलर सब्जेक्ट है सीता क्या है सिमिलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा तो डज सीता रीड सीता रीड सीता कब पढ़ती है सीता रीड अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए लता क्यों नहीं गाना चाहती है लता क्यों नहीं गाना चाहती है तो ये क्यों नहीं हो गया यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे why, अब लता तो सिंगलर सब्जेक्ट है तो यानी कि डज डज लगेगा लता ला नोट वाई डज लता नोट वांट टू सिंग अब यहां पर हम कहेंगे कि सिंग यहां पर यहां पर देखो गाना चाहता दो दो भर्व ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, है तो दोनों वर्ब एक साथ अगर जो आ जाएंगे तो बीच में टू लगेगा क्योंकि इसको इन्फिटिव बनाना है तो टू लगेगा मैंने ऐसा ये क्लास में ले चुका हूं कि जब दो वर्ब हो तो बीच में टू का यूज किया जाता है इन्फिनिटी बनाने के लिए तो यहाँ लता क्यों नहीं गाना चाहती है तो वाई डज लता नोट वन टू सिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता क्या खाना चाहती है अब यहाँ क्या हो गया बीच में ये भी हो गया डब्ल्यू एस फैमिली क्वेश्चन सबसे पहले देंगे व्हाट? सीता सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में सिमलर वर्ब यानी कि डज लगेगा व्हाट डज सीता व्हाट डज सीता अब यहां पर लिखा हुआ खाना ये भी भर्व है और चाहती ये भी भर्व है क्योंकि इट मतलब खाना want मतलब ए भी दोनों वॉन्ट मतलब क्वेश्चन है आप काम करना क्यों नहीं चाहते हैं अब यहाँ क्यों नहीं चाहते हैं इसका मतलब हो गया wh एच फैमिली से क्वेश्चन आ रही है यहाँ पर लिखेंगे Why अब आप है यू यू होता है पुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पर लिखे वाई डू यू नोट मतलब नहीं भी है तो वाई डू यू नोट मतलब चाहना वाई डू यू नोट वू वर्क अब यहाँ एक भर्ब ये भी है और एक वर्ब ये भी है चाहना और काम करना दोनों वर्ब हैं तो दोनों भर्ब के बीच में टू लगेगा तो वाई डू यू नोट वांट टू वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है सर राम की बहनें गाना गाना चाहती है राम की बहनें गाना गाना चाहती है तो राम की बहनें गाना गाना चाहते तो तो सिस्टर्स क्या हो जाएगा सिस्टर्स इन्वर्टेड को देखे रामस देंगे रामस मतलब हो गया राम की राम मतलब राम की ठीक है अब बहने का मनिंग होता सिस्टर्स एस आई एस टी आर एस सिस्टर्स वंस वांट होगा होगा या होगा? तो, होगा। है, तो, पर टू, तो यहाँ हो जाएगा वो सिंगल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर विखते हैं लेकिन पुलरल सब्जेक्ट है तो यहां पर केवल वंट रहेगा Want to sing? क्स्ट क्वेश्चन है क्या कॉलेज की लड़कियां क्या कॉलेज की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती है क्या कॉलेज की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती है तो खाना बनाना नहीं जानती है तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो गए क्या कॉलेज की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती है तो यहां पर लिखेंगे डू कॉलेज डू गर्ल्स ऑफ कॉलेज या फिर लिखे हैं गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स कॉलेज डू गर्ल्स कॉलेज नोट नहीं जानती है नोट नो हाउ टू कुक फूड हाउ टू कूक फूड क्वेश्चन यहां पर हाउ टू यूज क्यों हो गया ऐसा लिखा हुआ है क्या कॉलेज की खाना बनाना नहीं जानती है यानी कि कैसे खाना बनता उसे मालूम नहीं है इसलिए वो खाना बनाना नहीं जानती है तो इसका हो गया, क्योंकि यहां पर पोलिटर सब्जेक्ट है लड़कियां हैं लड़की रहती तो यहाँ यहाँ होता यश लग जाता लेकिन लड़कियां यहां पर यश नहीं लगेगा तो डू गर्ल्स कॉलेज नोट नो हाउ टू कुक फूड उसे खाना बनाने नहीं आता है यानी कि क्या कोई लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती है ऐसे क्वेश्चन इजी रूप में बनाना है मैंने बताया सिंगल सिंगल भर आप पूर्व सब्जेक्ट पूरा भर ये सारे जितने भी मैंने दो रूल्स दिए हैं सिंपल प्रसेंटेंस का वो रूल्स आप फॉलो करोगे तो ये सारे सेंटेंस इजी रूप में बनेंगे नहीं आपको पर्सन का कोई टेंशन रहेगी सिम कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड परसन सब याद करने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं याद करने की जरूरत क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी का एक ही शुद्ध दिया है कौन सा है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगलर भर और फुर्ण पुलर सब्जेक्ट बस ये दोनों आपकी याद रहेंगी तो टोटल के टोटल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर सिंगलर सब्जेक्ट पहचान जाओगे तो उसी में पता चलेगा कौन सा भर में यस लगेगा कौन सा भर में नहीं लगेगा कहां पर डू लगेगा कहां पर डज लगेंगे ये सारे सेंटेंसेस से इस तरह से बनेंगे चलिए और अगर जो आपको ये ये नहीं समझ में आया तो मेरे इससे पहले मैंने चार पांच वीडियो बना चुका हूँ उसको आप देखो उसके बाद समझ में आ जाएगी उसके बाद इसको देखना और एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगी तो तब करते हैं जय हिंद जय भारत